मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक महिला ने अपने कथावाचक पति को रंगे हाथों किसी अन्य महिला के साथ पकड़ लिया कथावाचक महाराज की पत्नी रक्षाबंधन के लिए गांव गई हुई थी उन्होंने अचानक आकर अपने पति की काली करतूतों को पकड़ा है मोहन बड़ोदिया निवासी जितेंद्र महाराज कथावाचक हैं, उनके काले कारनामों का खुलासा उस वक्त हो गया जब उनकी पत्नी अचानक मायके से वापस आ गई और उन्हें रंगे हाथों किसी दूसरी महिला के साथ पकड़ लिया महाराज की पत्नी को उन पर पहले से ही शक था इसलिए उन्होंने अचानक बिना बताए धावा बोल दिया और जब वे अचानक घर पर आई तो उन्होंने पाया कि कथावाचक पति ने शिष्या को घर बुला लिया और कमरे में उसे अश्लील कथा सुना रहे थे जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ